हेलो गाइस खुशाम आज की एक और नई वीडियो में आज की वीडियो होने वाली है पबजी मोबाइल की सबसे रेयर आईडी के बारे में तो इस आईडी के बारे में बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए तो गाइस इस आईडी में ना तो कोई मेटिक फैशन टाइटल है ना कोई लॉम्बर जीने इसकी जो सबसे बड़ी वजह है रेयरर आई होने की वो है इसका आई नंबर तो आप खुद ही स्क्रीन आरोप चेक कर लीजिएगा दस पांच आते हैं इसकी आई के नंबर में जाके कीजिएगा और ये है पब्ली मोबाइल की सबसे रियर आई